पशुपति नाथ भगवान के व्रत की महत्वता कही तो गई है पाशुपत व्रत की, तो तो की महत्वता कही थे तो थे गई है पाशुपत अस्त्र तो की महत्वता कही गई है कई लोग कहते हैं ये पशुपति व्रत कहां से आया ये तो और वाले महाराज ने खुद ने बना दिया ऐसा नहीं है शिव महापुराण में पाशुपत्य व्रत की महत्वता पूर्ण बन गई आप कभी मूका लगे शिव महापुराण की कथा गीता प्रेस गोरखपुर की अवश्य पड़ी है उसमें आपको सब मिल जाए पाशुपत व्रत की महत्वता का वर्णन करते हुए कहा यह पशुपति व्रत पांच सोमवार का होता कितने सोमवार का है पांच सोमवार का मान लो पांच व्रत कर रहे हो सोमवार के और इस बीच उस में रजस्वला धर्म आ गया, गया रजो धर्म आ गया आप पूजन करने के लायक नहीं रहे मंदिर जाने के लिए नहीं रहे तो वो व्रत छोड़ देना दे चाहिए फिर उससे आगे, आगे वाले व्रत को गिन लेना चाहिए ऐसे एकादशी का व्रत पड़ गया तुम्हारा नवरात्रि का व्रत पड़ गया या कोई तीस लेवर का व्रत पड़ गया तो उस व्रत को छोड़ दो अगला तार पर गिनती में पांच ही जिस मंदिर में, में पहले व्रत में, में पूजन करने जाते हो, हो पांचों व्रत में उसी मंदिर में पूजन होना चाहिए ये नहीं, नहीं कि दो मायके तो में, में कर दिए दो ससुराल में कर दिए और एक घर पे कर तो लिए ऐसा नहीं व्रत का नियम पहले व्रत में से लेकर आखिरी व्रत तक जो पूजन की जो क्रम होता है पूजन की थाली लगाई जाती है पूजन का सारा सामान उसमें रख लिया जाता है शिवजी के मंदिर सुबह के समय जाया जाता है, जी की पूजन करी जाती है पूजन करने के बाद के जल भले बदल सकते हो शाम को तो दूध दही शहद चढ़ाने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि सुबह चढ़ाकर आ गया पंचामृत स्नान शाम को कराने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि सुबह तुम कर कर आ गया केवल जल का पात्र थाली, थाली पूजन, पूजन की जो तुमने तो सुबह लगाई थी उसी में थोड़ा थोड़ा सामान ज्यादा रखकर पहले से ही रखो और, और प्रसाद दिए कितने ने, ने, ने, थाली में रख लीजिए पूजा की थाली को लेकर जाइए शिवजी के मंदिर में जाकर पूजन करिए भगवान के मंदिर में छो ही दिए जो आपने रखे हैं वो ही दिए नीचे रख दो प्रसाद के तीन हिस्से कर दो घर से हिस्से कर कर मत लेकर जाना मंदिर में ही सामने ही तीन हिस्से कर दो, छह दिए में से पांच दिए जला दीजिए प्रकट कर दीजिए भगवान का पूजन अर्चना कर दीजिए शिव जी को प्रार्थना कर दो बाबा आज मेरा पहला पशुपति व्रत है इसको स्वीकार करना मेरे भोलेनाथ कर, मेरे मन की कामना को पूर्ण करना, करना। आपकी भक्ति, भक्ति देना, देना भूलना शिव जी से प्रार्थना कर कर, कर, कर, कर कर पूजन कर उसको वापस थाली में रख लीजिए प्रसाद का एक हिस्सा उठाकर था थाली में रख लीजिए दो हिस्से वहीं छोड़ दीजिए बाबा को प्रार्थना कर कर चल दीजिए घर पर जब जाए सीधा हाथ हाँ, हाँ, हाँ, हाँ, राइट हैंड घर गर में प्रवेश, प्रवेश करते, करते समय अंदर प्रवेश करते समय घुसते समय सीधा हाथ जहां आए वही पर बैठ जाइए घर के बाहर अपने घर की ओर मुख कर दिया लगा दीजिए दीप जलाते समय भोलेनाथ जी से प्रार्थना करो बाबा आपके भरोसे पर मैंने ये व्रत किया है मेरा कार्य सफल करना दिया लगा अंदर प्रवेश कर जाइए जो प्रसाद लेकर आई हो भोजन करने से पहले प्रसाद का हिस्सा पहले पाई प्रसाद जो मीठे का तुम बना कर ले गई हो मीठा बना कर ले गई हो उसका जो हिस्सा लेकर आई हो पहले वो खाओ उसके बाद भोजन करो आपके प्रसाद के हिस्से में से किसी को भी प्रसाद नहीं देना और एक बात और अच्छे से सुन लो कढ़ाई में अगर प्रसाद बना रही हो हलवा बना रही हो सीरा बना रही हो खीर बना रही हो मालपुआ बना रही हो जो भी बना रही हो उतना ही बनाना जितना शिवजी के मंदिर में लेकर जाना यह नहीं कि मैं बच्चों के लिए अलग से बना के रख देती हूं इतना मंदिर ले जाऊंगी इतना बच्चों के लिए रख दूंगी नहीं उतना ही बनाओ जितना मंदिर लेकर जाना है पूरा के पूरा को मंदिर लेकर जाऊ तीन हिस्से करो दो छोड़ कर आओ एक लेकर चार व्रत पूरे ऐसे हो जाएंगे पांचवा व्रत जब रहेगा पांचवें व्रत में एक श्रीफल ग्यारह रूपए बाबा के एक स्वाट या तो चावल के तो दाने या बेल पत्ता या फूल की पंखड़ी जो भी आप, आप शंकर भगवान को एक स्वाट सामग्री जो चढ़ाना बेल पत्ता, पत्ता चावल जो चढ़ाना वो ले जाओ पांच छह दिए नीचे रखो पांच दिए जला दो और बाबा का प्रसाद का तीन हिस्सा कर दो दो हिस्सा छोड़ दो एक दिया वापिस जो नहीं जलाया है उसको अपने थाली में रख लो श्रीफल 11 रूपये बाबा से विनती कर, कर बाबा मेरा कार्य सफल करना चरणों में रख दो एक सौ आठ चावल के दाने जो लेकर गई हो श्री शिवाय नमस्तुप्रम बोलकर या ओम नमः शिवाय या नमः शिवाय बोलकर चढ़ा दीजिए बाबा को चढ़ाकर विनती कर वापिस आ जाइए दिया अपने दरवाजे पर लगा दीजिए घर में प्रवेश कर दीजिए भोजन करने से पहले जो मीठे का प्रसाद है वो खा लीजिए इस व्रत में एक समय आप फलहार भी कर सकते हो भोजन भी कर सकते हो एक समय का आपको तो बस भोजन एक टाइम का है भोजन कब करना है जब आप प्रसाद खा लेंगे तब, तब, तब भोजन कर फलहार कर लो जरूरी नहीं है कि दिन भर आपको मीठा ही खाना आप अपना फलहार कर सकते हो फलाहार कर, कर सकते हो प्रेम से व्रत करो ये पशुपति व्रत है पांच व्रत जब पूर्ण होते हैं हो। और आपने से कई माताओं ने करे होंगे किस किसने करेंगे वाह वाह बहुत बहुत लोगों ने करे रक्षा श्री शिवाय नमस्ते रक्षा अच्छी बातें करना ये पशु जीवन का आनंद देने वाला भगवान की अभिदन श्री शिवाय नमस्कार श्री शिवाय नम श्री शिवा नम